बदनाम तो होंगे मेरी जान जब दोनों ने साथ में फोटो खिंचवा रखी तुरी में हो रहा बदनाम गाभरू हो सारे काम गाभरू